हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे पे लेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको मिनिमम दो हज़ार की लिमिट मिलेगी और जैसे जैसे रीपेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी दो लाख तक लिमिट हो जाएगी तो दोस्तों उस एप्लीकेशन के बारे में मैं पूरी पूर डिटेल से आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा वह ध्यान से जरूर देखें दोस्तों पे लेटर के एप्लीकेशन के लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद मैं सर्च बाद में सर्च करेंगे क्रेडिट जूनियर तो दोस्तों क्रेडिट जूनियर जो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेंगे मेरे पास ये एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड किया इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ कि थ्री के रिव्यू है और थ्री प्लस रेटिंग है और वन मिलियन डाउनलोड है और इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हम अबाउट दिस ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर आप फर्स्ट बार अप्लाई करते हो तो इसकी क्रेडिट लिमिट आपको दो से पचास तक लिमिट मिल जाएगी 5% से 25% तक आपको यहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इसकी जो टाइमली पेमेंट है वो तीन मंथ से लेके 12 मंथ तक यहां पे इसकी ई होगी आपको 18 से 25 की एज होनी चाहिए और आप अगर आप यहां पे अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा और आपको लोन भी मिलेगा तो दोस्तों इसमें फर्स्ट बार आपको दो की लिमिट मिलेगी आप उसको यूज करके अगर रिपेमेंट करते हो हर महीने रिपेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको हर बार इनकी जो लिमिट है वो इनक्रीज होती रहेगी तो दोस्तों मैं यहाँ पे लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम ऐप्लीकेशन को ओपन करेंगे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ पे इनकी जो भी दोस्तों एक बात बताते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एग्री एग पे क्लिक करेंगे और गेट स्टार पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे फिर इनकी जो भी है वो नेक्स्ट करेंगे, दोबारा फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगी लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं हमारे मोबाइल पर एक ओ आएगा तो ओ टी करते हैं दोस्त तो तो ओ आ गए तो मैं यहाँ पर ओ डाल देता हूँ ओ डालने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करेंगी नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एंट्री और नाम तो यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा अपना तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ नाम डालने के बाद में यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालनी पड़ेगी ईमेल डालने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे और अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दो दिखा रहे हैं अगर आपको यहाँ पे दो हज़ार की लिमिट मिल जाती है तो हर महीने लिमिट को यूज़ करके रीपेमेंट करोगे तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होती रहेगी हर महीने दो लाख तक लिए इनकी लिमिट है, आपको लिमिट इंक्रीज होती रहेगी और यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो पाँच मिनट में आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा और यहाँ पर इनकी जानकारी है भाई वन पॉइंट जो इनके कस्टमर है अगर आप इनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो यूज़ करते रहोगे तो उनका जो क्रेडिट स्कोर का जो पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा हर महीने अगर इस एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हो तो कोई रजिस्ट्रेशन आपको फीस नहीं ली जाएगी एप्लीकेशन कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी और वैसे अदर कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एप्लीकेशन में पेन कार्ड और आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ तो एड्रेस प्रूफ में अगर आपको पेन आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नहीं आपको वोटर आई भी यहाँ पर ली जाएगी तो दोस्तों अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट यूज पर भी आप क्लिक करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं लाइक ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम डालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम डाल देता हूँ और सेकंड ऑप्शन पर लास्ट नाव अपना और तीसरे नंबर पर आता है एंट्री और मोबाइल नंबर तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना <finds> तो मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मोबाइल नंबर डालने के बाद में अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद में अपना एड्रेस डाल देना तो मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस डाल के मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया और अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे डाल देना कंट्री का नाम डालने तो तो के बाद में अपना स्टेट स्टेट का नाम डाल देना इस्टेट का नाम डालने के बाद मैं अपनी सिटी का नाम तो मैं यहाँ पर मेरी सिटी का नाम डाल देता हूँ सिटी का नाम डालने के बाद में अपना जो शहर का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मेरा पिन कोड नंबर डाल देता हूँ कोड नंबर डालने के बाद में अपना जो डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पे डालना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में अपनी जो कॉलेज है या फिर स्कूल है उसका नाम यहाँ पर डाल देना तो मैं यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम डाल देता हूँ ये पूरी डिटेल एंटर करने के बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट तो आपको ये पूरी डिटेल डालने के बाद में इनके दोबारा एक कॉल आएगा वो तो आपसे बात करेंगे उसके बाद में वो अप्रूवल होएगा अप्रूवल होने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा तो हम बेग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हो और इनकी जो लिमिट है की वो यूज़ करके आप इनकी लिमिट इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब